नमस्कार दोस्तों आज हम कब के बारे में बात करने वाले हैं नज़ला हो जुखाम हो ये सबसे पहले मैंने देखा एक हफ़्ता या दो हफ्ते में चला जाता है लेकिन कई व्यक्तियों को सालों साल जुखाम ही या नज़ला रहता है एक हफ़्ते वाला जुखाम हो या दो हफ़्ते वाला जुखाम हो या एक साल वाला हो या दो साल वाला हो सिर्फ़ तीन औषधियों से सेवन करने से जुखाम नज़ला चला जाएगा ये रामवाण दवा है मैंने अपने आप पर इसका उपयोग किया है मुझे सालों से जुखाम था आज मैंने पूरी तरह से ठीक हूँ सबसे पहले सौ ग्राम हल्दी लें फिर सौठ लें पचास ग्राम फिर पच्चीस ग्राम अस्गंद लें इन तीनों औषधियों को कूट पीस कर लें दो ग्राम दवा सुबह शाम लेनी है गरम दूध करके उसे ठंडा कर लें फिर उसके बाद में इस दवाई को लें इस औषधि से सभी प्रकार के नज़ला जुखाम दूर हो जाएंगे और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें अवश्य आपका नज़ला जुखाम इस औषधि से चला जाएगा और आप ठीक हो जाएंगे लेकिन मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें